जय हिंद ये भूगोल का पार्ट नौ है जो लोग एक से आठ तक नहीं देखे हमारे चैनल पर चले जाएं या फिर यहाँ पर एक आई बटन होगा वहाँ पर क्लिक करके हमारे वीडियो पर पहुँच सकते हैं तो इसमें हम तीस प्रश्नों पर बातचीत करेंगे या उनको हल करेंगे और वो तीसों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सबके सब, सब प्रश्न जो हैं कृषि और पशुपालन से संबंधित हैं और सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में भी आए हुए हैं तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये सभी परीक्षाओं में इनकी आने की प्रबलता बहुत ज़्यादा है तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न पहला प्रश्न है कुल सस्य क्षेत्रफल में वास्तविक बुवाई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है आपसे नहीं है सस्य सघनता बी है फसल चक्र की तीव्रता सी है फसल उत्पादकता या फिर डी है सस्य विविधता तो पेपर पेन लेकर हमारे साथ हल करिए लास्ट में कमेंट गमें बॉक्स में बताना है आपको कि आपसे कुल कितने प्रश्न बने यदि आपसे तीस में से पच्चीस बन जाते हैं तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है तो प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया है सघनता तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर दो काली क्रांति किससे संबंधित है ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन से बी कोयला उत्पादन से सी कच्चा तेल उत्पादन से या फिर ऑप्शन डी सरसों उत्पादन से या फिर ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक तो काली क्रांति का संबंध किससे है प्रश्न नंबर दो का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति प्रश्न नंबर तीन वर्ष 2015 और 16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य था तो ऑप्शन ए हरियाणा है बी उत्तर प्रदेश है सी पंजाब है या फिर डी बिहार है तो दो हजार की बात हो रही तो प्रश्न नंबर तीन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और आज भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है प्रश्न नंबर चार करनाल बंट एक रोग है जो किस फसल में होता है ऑप्शन ए जौ की फसल में या गेहूं की फसल का या बाजरा की फसल का या फिर ज्वार की फसल का तो करनाल बंट एक रोग होता है जो किस फसल में लगता है प्रश्न नंबर चार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गेहूं की फसल में लगता है करनाल बंट रोग प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो नहीं है इसमें ध्यान देना है तो एक तरफ लिखा है कृषि उत्पाद 2015 के और संबंधित राज्य तो सबसे देखिए ऑप्शन ए है काफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है कर्नाटक है क्या यह सही मिला है फिर भी है आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या मध्य प्रदेश है सही मिला है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात और ऑप्शन डी है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश तो इसमें यह बताना है कि कौन सा एक सही जोड़ा सुमिलित नहीं है तो आप लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर लगा लिया होगा तो देखिए मैं हल कर रहा हूँ फिर से काफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है तो बिल्कुल सही है आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश नहीं है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश नहीं है बाकी कपास का, का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है सही है और गेहूं का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है प्रश्न नंबर छह हरित खेती में सन्निहित है ऑप्शन जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर भी है बागवानी तथा तो पुष्पकृत पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव या फिर ऑप्शन सी है समेकित कीट प्रबंधन समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन या फिर ऑप्शन डी है खाद्य फसलों बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर तो प्रश्न नंबर छह का सही उत्तर होगा हरित खेती में सन्निहित होता है जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर प्रश्न नंबर सात गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी सी विटामिन के या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी तो गोल्डन राइस एक प्रकार का चावल है जिसमें यह बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है तो प्रश्न नंबर सात का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए प्रश्न नंबर आठ भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जिसे कृषि पार्षद क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है यह बताना है ऑप्शन ए है बी सत्रह सी उन्नीस या फिर ऑप्शन डी बीस तो प्रश्न नंबर आठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बीस प्रश्न नंबर नौ पशुओं विशेषता दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है ऑप्शन ए एजोला बी राइजोबियम सी अजोस्पाइलियम अजो या फिर डी एजोटोबैक्टर तो पशुओं के चारे के लिए या जैव उर्वरक के लिए सबसे ज्यादा पशुओं पशुओं विशेषता दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में सबसे ज्यादा जैव उर्वरक कौन सा प्रयोग किया जाता है प्रश्न नंबर नौ का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एजोला प्रश्न नंबर 10 शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है ऑप्शन ए उदयपुर बी जोधपुर सी गंगानगर या फिर डी बीकानेर तो बताना है शुष्क केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बीकानेर में प्रश्न नंबर ग्यारह निम्नलिखित में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था आप शन अरुणाचल प्रदेश बी केरल सी उड़ीसा या फिर डी सिक्किम तो ये बहुत ही इजी सवाल है सबको पता होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिक्किम प्रश्न नंबर बारह राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है आप शन करनाल में बी हिसार में सी आणंद में या फिर डी जयपुर में तो प्रश्न नंबर बारह का सही उत्तर होगा ऑप्शन करनाल में प्रश्न नंबर तेरह इसमें देखो सूची एक को सूची दो से मिलाना है तो सूची एक में क्षेत्र दिए हैं और सूची टू में स्थानांतरित किस का नाम दिया गया है जैसे पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट में जो स्थानांतरिक कृषि होती है उसको कहते हैं कुमारी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो स्थानांतरिक खेती होती है उसको कहते हैं वालतेरे उत्तर पूर्वी भारत में झूम नाम से की जाती है खेती और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में इसे डाहिया कहते हैं तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा एक का फोर से एक का फोर से और टू का टू से ही तो देख लेते हैं विकल्प में पहले तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रश्न नंबर चौदह भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का सत्तर प्रतिशत से अधिक काफी अकेले पैदा करता है ऑप्शन ए तमिलनाडु बी केरल सी मध्य प्रदेश और डी कर्नाटक तो प्रश्न नंबर चौदह का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन डी तो यह बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 15 भारत की खाद्य एवं पोषक सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने के भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े कार्यान्वयन में, में क्या बाध्यता या बाध्यताएं हैं है। तो आप सुनिए नंबर एक कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है दो है निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान उद्यानकृत फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुड़ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं तीन है निम्नलिखित निम्न मूल्य एवं उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले में गुणता वाले बीजों के बारे में मांगपूर्ति अंतराल है तो इसमें बताना है कौन से कथन सत्य हैं या कथन सत्य है तो प्रश्न नंबर पंद्रह का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल तीसरा कथन सत्य है प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की एक विशेषता है तो आपने तो नगदी और खाद्य दोनों सस्यों की साथ साथ खेती होती है उसको कहते हैं मिश्रित खेती या फिर दो या दो से अधिक सस्यों को एक ही खेत में उगाना या फिर सी है पशुपालन और सस्य उत्पादन को एक साथ करना या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं तो मिश्रित खेती की विशेषता बतानी है क्या है तो इसमें जो मिश्रित खेती की यह विशेषता है ऑप्शन सी पशुपालन और सस्य उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित खेती कहलाती है या इसकी एक विशेषता है प्रश्न नंबर सत्रह देखो कथन दिया है कथन ये है पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है कारण क्या है इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है तो इसमें यह बताना है कि ए तथा आर दोनों सही है आर ए की सही व्याख्या भी है या फिर ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है या फिर ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है या फिर डी ए गलत है किंतु आर सही है तो प्रश्न नंबर सत्रह का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है प्रश्न नंबर अठारह हरित क्रांति से गहरा संबंध है किसका है ऑप्शन ए है डॉक्टर स्वामीनाथन का बी है डॉक्टर कुरियन का सी है सी सुब्रमण्यम का या फिर डी है डॉक्टर अब्दुल कलाम का तो इसमें बताना है कि हरित क्रांत का संबंध किससे है तो इस प्रश्न को सब लोग जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर स्वामीनाथन देखो इसमें भी सूची दी है एक तरफ दिया है फसल और पौधारोपण दूसरी तरफ दिया है उससे सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं तो देखिए जूट जूट को सबसे ज्यादा पैदा करता है पश्चिम बंगाल चाय को असम गन्ना को उत्तर प्रदेश और रबर को केरल तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए का फोर से तो ए का फोर पहले मिल गया तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए देखिए फिर से देख लीजिए एक बार जूट का सबसे ज्यादा पैदावार करता है पश्चिम बंगाल चाय का असम गन्ना का उत्तर प्रदेश और रबर का केरल तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है एक एक तरफ दिया है नीकर स्त्रीकरण कारक दूसरी तरफ फसल दी गई है तो देखिए ऑप्शन नील हरित शैवाल ये धान में होते हैं बिल्कुल सही है ऑप्शन बी है राइजोबियम लेग्युमिनी सारम यह मटर में यह भी सही है ऑप्शन सी है एजोटोबैक्टर गेहूं में होता है यह भी सही है ऑप्शन डी है अजोला जो मक्का में नहीं होता है तो इस प्रकार से अजोला मक्का से सही सुमेलित नहीं है बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अजोला जो है किस फसल में स्थिर रहता है या स्थिरीकरण नत्रज स्थिरीकरण अजोला का किस फसल में होता है कमेंट बॉक्स में आपको यही बताना है कि अजोला किस फसल में होता है है है है प्रश्न प्रश्न नंबर नंबर माही माही सुगंधा सुगंधा किस किस किस फसल फसल की है? धान की की की की की प्रजाति प्रजाति ऑप्शन बी गेहूं सी सूर्यमुखी या फिर डी सरसों की। तो माही सुगंधा बताना है किस फसल की है? तो बताना का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धान की राज तीस सतहत्तर एक प्रजाति है ऑप्शन ए मक्का की बी ज्वार की सी की या फिर डी गेहूं की तो तीन हजार सतहत्तर जो है वो राज तीन हजार सतहत्तर किसाईस फसल का फसल की का नाम है तो प्रश्न नंबर सही उत्तर होगा ऑप्शन प्रश्न नंबर तेईस ट्रिटिकेल निम्नलिखित में किन दो बीज का संकर क्रास है ऑप्शन है जवराई का बी एवं जई का सी गेहूं और जव का या फिर गेहूं और राई का तो ट्रिटकेल जो दो बीजों का संकर है किन दो बीजों का संकर है तो वह है प्रश्न नंबर तेईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गेहूं और राई का गेहूं और राई का संकर है टिटिकेल प्रश्न नंबर चौबीस निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए आप एक नंबर पर है कपास दो पर है मूंगफली तीन पर धान चार पर गेहूं इनमें से बताना है कि कौन सी खरीफ की फसलें हैं तो खरीफ की फसलें जो है उनको बताना है तो देखिए कपास है मूंगफली भी है धान भी है और गेहूं नहीं है गेहूं एक रबी की फसल है तो इस तरह से एक दो और तीन सही हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एक दो और तीन प्रश्न नंबर पच्चीस वर्ष भर बोई जाने वाली कौन सी फसल है ऑप्शन है उड़द बी गेहूं सीराई या फिर डी मक्का तो वर्ष भर बर जो फसल बोई जाती है वो है मक्का तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखो इसमें भी एक तरफ संस्थान दिए हैं और एक तरफ उनका स्थान दिया है कि कहा तो छांटना है आपको कि कौन सा जो संस्थान है उसका स्थान सही सुमिलित नहीं है तो देखिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी बिल्कुल सही सम्मिलित है फिर देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ बिल्कुल सही है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर बिल्कुल सही है जबकि ऑप्शन बी जो है केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में नहीं है तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रश्न नंबर 27 निम्न कथनों पर विचार करना है एक नंबर है भारत कपास के पौधे का आदि निवास है दो विश्व में भारत पहला देश है जहाँ कपास की संकर किसमें विकसित हुई जिसके परिणामस्वरूप स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है तो इसमें बताना है कौन से कथन सत्य हैं या कथन सत्य है तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा देखो भारत का भारत कपास के पौधे का आदि निवासी बिल्कुल सही है और प्रश्न और जो इसका दूसरा विकल्प है वो भी सही है तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एक और दो दोनों प्रश्न नंबर अट्ठाइस भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है निर्यात नहीं किया जाता है कौन सा पदार्थ उत्पाद है ऑप्शन है गेहूं बी चावल सी चीनी या फिर डी दालें तो प्रश्न नंबर अट्ठाईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दालें निर्यात नहीं की जाती हैं बाकी तीनों निर्यात किए जाते हैं प्रश्न नंबर उन्तीस इसमें मिलाना है जोड़ा मिलाना है कि कौन सा रेशम या कौन सी रेशम की चारों उनके उत्पादन के क्षेत्र इधर दिए गए हैं तो देखिए प्रश्न नंबर उनतीस प्रश्न नंबर उन्तीस का सही उत्तर बताना है कि तो प्रश्न नंबर उन्तीस निम्नलिखित प्रश्न नंबर उन्तीस निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित है तो इसमें कौन सा सुमेलित है वही बताना है बाकी नहीं तो इसमें केवल एक ऐसा होगा जो सुमेलित है बाकी कोई सुमेलित नहीं है तो प्रश्न नंबर उन्तीस देखिए ईरी रेशम जो ईरी रेशम है वो असम में होता है ये बिल्कुल सही सुमिलित है बाकी ये तीनों नहीं सुमिलित है तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन एडी रेशम असम में पाया जाता है प्रश्न नंबर तीस एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलान ढलाव पहाड़ी स्थल है किसकी खेती अभिष्ट होगी मतलब यह है कि जहां पर वर्षा दो सेंटीमीटर से अधिक होगी और पहाड़ी ढलान है तो वहाँ पर किस फसल की पैदावार सबसे ज़्यादा होगी ये बताना है आपको कि सन की या कपास की या चाय की या मक्का की तो इस प्रश्न को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में हम इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे अगले वीडियो में अब आपको बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा यदि ये वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद